एकता उस शाम ऑफिस से काफी लेट हो चुकी थी सारे लोग घर जा चुके थे आज अंधेरा तो ज्यादा ही जल्दी हो गया था बारिश का मौसम उस पर सुनसान सड़क एकता की दिल की धड़कने लगातार तेज हो रही थी और होती भी क्यों ना उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया शायद हो सकता है वो मेरा बहन हो लेकिन इस बार सच में एकता का कोई पीछा कर रहा था एकता ने सोचा कि कुछ भी हो जाए मुझे पीछे पलट कर नहीं देखना है पर एकता का मन नहीं माना उसने आखिरकार पीछे पलट कर देख लिया और पीछे देखते ही उसके रोटे खड़े हो गए आने की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें धन्यवाद